मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है जिंदगी का हर पर लाजवाब हो ना हो जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो ज़िंदगी के हर सा हर सवाल का जवाब होना चाहिए फ़र्क़ नहीं पड़ता कि कितनी ही देर लगे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी ही देर लगे इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए